पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि शिवराज सिंह की भाजपा सरकार में हर कोई हड़ताल करने के लिए मजबूर है बीजेपी सरकार में दाल में काला नहीं पूरी दाल काली है सिवनी मालवा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए और कहा कि शिवराज सिंह ने मुझे ऐसा प्रदेश सौंपा जो किसानों की आत्महत्या में नंबर वन बेरोजगारी में नंबर वन हमारी माता बहनों पर अत्याचार में नंबर वन कौन सी चुनौती मेरे सामने नहीं थी मैंने एक शुरुआत की किसानों के साथ न्याय हो कर्ज माफ किया बिजली का बिल माफ किया पर मुझे इस बात का दुख है कि जो खुशी हम किसानों को देना चाहते थे वो शिवराज जी ने छीन ली उन्होंने कहा कि शिवराज में हर कोई हड़ताल करने के लिए मजबूर है बीजेपी सरकार में दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है हमारा भटकता हुआ नौजवान हमारा छोटा व्यापारी और विभिन्न जो हमारे शासकीय कर्मचारी हैं, आज युवा हड़ताल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर डॉक्टर हड़ताल पर स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर संविदा कर्मचारी हड़ताल पर अतिथि शिक्षक हड़ताल पर और कुछ दिन पहले वकील भी हड़ताल पर थे आज भाजपा के राज में दाल में थोड़ा सा काला नहीं है पूरी दाल